दोस्तों केकेआर के, के खिलाफ मैदान पर आया ईशान किशन का तूफान तोड़ दिया सबका रिकॉर्ड लगाया सबसे तेज पचास सा मात्र कुछ ही गेंदों में दोस्तों आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी इस मैच का तूफानी हाईलाइट वीडियो इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आई पी का बाईसवा मुकाबला मुंबई और कोलकाता के बीच खेला जा रहा था जहाँ पर केके की के टीम ने पहले बल्लेबाजी करके बनाए थे एक रन छह विकेट के नुकसान आरोप जिसमें वंकटेश अयर ने एक रन जोर डाले वो अभी एकावन गेंद में वंकटेश अयर का 104 रन मुंबई के सामने कोई काम कर न रहा क्योंकि मुंबई के टीम के ओर से रोहित शर्मा 20 रन पर आउट हो गए इसके बाद ईशान किशन का साथ देने आ गए सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 25 गेंद में तिर रन बनाकर आउट हो गए मगर दोस्तों ईशान किशन ने तो कमाल कर दिया 25 गेंद में अंठावन रन का शानदार पारी खेल डाली जिसमे पाँच चौके और पाँच छक्के भी शामिल है दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम के लिए सूर्य कुमार यादव फलाफ जा रहे थे मगर इस मैच में अच्छा खेल गए